जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हड्डियों का जोड़ होता है बोन्स ज्वाइंट वह कितने प्रकार के होते हैं पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन स्किल्टन के बारे में बात किया मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात किया अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह पिछले लेक्चर से टोटली डिपेंड है तो आइए हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ते हैं तो जो ह्यूमन स्केल्टन में जॉइंट होता है जो हड्डियों का जॉइंट होता है वह तीन प्रकार का होता है जो हड्डियों का जॉइंट होता है वह कितने प्रकार का होता है वह है तीन प्रकार का होता है होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा वाला होता है कार्टी जॉइंट, दूसरा वाला होता है कार्टी लेजनेस तीसरा वाला होता है साइनोवियल ज्वाइंट तीसरा वाला होता है साइनोवियल ज्वाइंट तो जो हड्डियों का जोड़ होता है वह तीन प्रकार का होता है पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट दूसरा होता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट तीसरा होता है साइनोवियल तो आइए अब तो इनके बारे में पढ़ते हैं तो पहला जो होता है फाइब्रस ज्वाइंट इसके अंदर क्या पाया जाता है तो इसके अंदर पाया जाता है फाइबर मतलब जो जिससे यह जुड़ा रहेगा यह ज्वाइंट उसके अंदर पाया जाएगा फाइबर तथा तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है नहीं मान लीजिए फाइब्रस जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट के अंदर फाइबर पाया गया तो यह क्या करेगा थोड़ा सा भी मोमेंटम करेगा तो नहीं यह लिटिल भी मोमेंटम नहीं करेगा मतलब यह मोमेंटम जो होगा मोमेंटम बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा मोमेंटम क्या होता है मतलब जैसे कोई भी अंग है जैसे हमारा हैंड है और कहां से जुड़ा है से अभी ऐसे ऐसे हम लोग इसे ऐसे नचा सकते हैं मतलब यह हो गया मोमेंटम और लोकोमोशन जैसे हम लोग यहां से यहां तक चले आए यहां से यहां तक चले जाए मतलब हमने अपना स्थान परिवर्तित किया तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन और एक ही जगह पर रह करके अपने कार्य को किया तो इसे बोलते हैं मोमेंटम तो मोमेंटम मतलब एक ही जगह पर रह हिलना स्थान परिवर्तन न करना और लोकोमोशन में स्थान तो जरा सा नहीं, नहीं है केवल अपने एक स्थान पर स्थित होते हैं जरा सा साइट नहीं होता है तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है तो इस, इसमें इसमें एग्जांपल होता है क्रेनियम हिंदी में लिख देते हैं क्रेनियम क्रेनियम हड्डी इसका एग्जांपल हो गया अब क्रेनियम बोन में कितने प्रकार के बोन पाए जाते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्रेनियम बोन में यहाँ पर फ्रंटल बोन होता है यहाँ पर टेम्परल बोन होता है यहाँ पीछे ऑसिपिटल होता है यहाँ पेराइटल होता है आँखों के अंदर और यहाँ पर होता है इथेनोइड तो इसमें इतने प्रकार के हड्डियाँ पाई जाती हैं अब जैसे मान लीजिए हड्डी कहाँ हमारे स्कल में ये अब खोपड़ी में ही है अब ऐसा तो है नहीं हमारा खोपड़ी ऐसे ऊंच मतलब ऊपर नीचे होता है ऐसे कर दें तो खोपड़ी इतना ऐसे इधर उठ जाएगा इतना इधर नीचे चला जाए नहीं ये केवल एक स्थान पर स्थित है ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं मोमेंटम जरा सा भी इसमें नहीं हो रहा है मोमेंटम तो हमारे यहाँ गर्दन के हड्डी से हो रहा है ना एटलस व एक्सिस से हो रहा है यहाँ पर मोमेंटम नहीं हो रहा है यहाँ पर ये यह हमारा जो स्कल है जो खोपड़ी है ये एकदम सेम टू सेम मतलब स्थित है इसमें मोमेंटम जरा सा भी नहीं होता है तो इसका एग्जांपल मोमेंटम जिसमें इसमें नहीं होता है तो फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या हो गया क्रेनियम बोल अब आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं दूसरा क्या है कार्टिलेस कार्टिलेजनस ज्वाइंट यह इसमें क्या पाया जाता है या किससे जुड़ा होता है तो यह जुड़ा होता है कार्टिलेज से यह जुड़ा होता है कार्टिलेज कार्टिलेज से जुड़ा होता है कार्टिलेज मतलब क्या होता है उपास्थियाँ होती हैं कार्टिलेज मतलब उपास्थि तो या कार्टिलेज से जुड़ा होता है तो मतलब कार्टिलेज मतलब, तो तो मतलब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है जैसे हम लोगों का यहाँ रीढ़ की हड्डी है इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कालम अब हम लोग इससे ऐसे उठा और खड़े हो सकते हैं ऐसा नहीं इसमें ढेर सारा मोमेंटम हो रहा है जैसे एक हड्डी एक वर्टिब्रल कालम यहाँ पर है एक वर्टिब्रल कालम यहाँ पर है एक वर्टिब्रल कालम यहाँ पर है ऐसे ढेर सारे वर्टिब्रल कालम से मिलकर के रेड की हड्डी बनी है हुई है अब अगर इसे ऐसे हम लोग सिकोड़ेंगे तो यह ऐसे होगा या ऐसे होगा मतलब अगर हम लोग नीचे की तरफ बैठेंगे तो ऐसे होगा मतलब एक यहाँ पर क्या है इसके इसके बीच में इसके इसके बीच में जो है थोड़ा सा थोड़ा सा केवल यहां पर देख लीजिए मतलब अगर पूरा देखेंगे तो इतना ज्यादा इसमें मोमेंटम हुआ है लेकिन इसके एक हड्डी के बीच में इसके इसके बीच में लिटिल सा हुआ थोड़ा थोड़ा हुआ है ढेर सारे हड्डियों का हम लोग अगर इसमें घुमाओ देखें तो इतना है लेकिन इसमें एक एक हड्डी के बीच में इतना है एक एक वर्टिब्रल कालम के बीच में केवल इतना लिटिल थोड़ा थोड़ा मोमेंटम हुआ है थोड़ा थोड़ा मोवेंटम हुआ है तो या किससे बना होता है कार्टिलेजन से बना होता है? है तो जो कार्टिलेज है इसे उपास्थि बोलते हैं मतलब कार्टिलेज है रीढ़ की हड्डी से बना हुआ रीढ़ की हड्डी इससे बनी हुई है तो रीढ़ की हड्डी को हम लोग ऐसे मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं तो इसमें जो होता है मोमेंटम थोड़ा सा होता है जो होता है मोमेंटम मोमेंटम लिटिल सा होता है मतलब थोड़ा सा होता है होता है लेकिन थोड़ा सा होता है तो इसमें जो मोमेंटम होता है वह थोड़ा सा होता है तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्टीब्रल कॉलम वर्टीब्रल कॉलम और गाइस जो यहां का स्ट्रम है स्ट्रम और रिप्स हैं देखिए मतलब सांस लेने पर या ऊपर नीचे हो रहा है सांस लेने पर ऊपर नीचे हो रहा है या जो रिप्स हैं पसलियां है और यहाँ पर जो स्ट्रम है इसमें सांस लेने पर ऊपर नीचे हो रहा है मतलब इसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम हो रहा है तो यह भी जो है कार्टेजनस ज्वाइंट के एग्जांपल में आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा रिप्स भी आ जाएगा और इस्टरम भी आ जाएगा रिप्स आ जाएगा एंड स्ट्रम यह सब इसके एग्जाम्पल है कार्टिलेजनस ज्वाइंट में फिर इसके बाद आता है साइनोवियल ज्वाइंट तो जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है इसमें क्या पाया जाता है साइनोवियलोइड साइनोवियल ज्वाइंट में क्या पाया जाता है साइनोवियल फ्लोइड साइनोवियल फ्लोइड साइनोवियल फ्लोइड क्या होता है मतलब जब इसमें साइनोवियल फ्लोइड पाया गया मतलब मान जैसे कोई साइकिल का रिम है उसके अंदर ग्रीस लगा होता था उसके अंदर छर्रे हैं अब उसको हम लोग नचाए चाहे जितना नचाए हुआ उतना नाचेगा मतलब जो उसमें जो है मोमेंटम ढेर सारा मोमेंटम हो रहा है पूरा मोमेंटम हो रहा है ठीक इसी प्रकार से जॉइंट में साइनोवियलोवियल फ्लूड पाया जाता है तो इनमें जो मोमेंट होगा वह हाईले मोमेंट होगा जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी है इससे हमारा ह्यूमरस जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूड पाया गया है मतलब इसे देखिए हम लोग ऐसे ही हिला डुला सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो इसमें क्या होता है जब साइनोवियल फ्रूट पाया जाएगा तो इसमें जो मोमेंटम होगा वह बहुत मतलब हाइली मोमेंटम होगा मोमेंटम जो होगा वह कैसा होगा हाइली। मतलब इसमें जो मोमेंटम होगा वह बहुत ही ज्यादा हाइली होगा लेकिन गाइस, मोमेंटम करेगा मतलब केवल एक ही स्थान पर रह करके अपने कार्य को करेगा स्थान परिवर्तित नहीं करेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा सभी मतलब जितने बोन जंक्सन हैं मतलब जो बोन जंक्सन है वह मतलब जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं जैसे यहाँ पर हम लोगों के पैर में पटेला हो गया यहाँ पर हड्डी जुड़ी हुई है पटेला हो गया और यहाँ पर हो गया एसीटा बुलम कैविटी एंड ह्यूमरस तो हो जाएगा एसीटा बुलम कैविटी एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर होगा यहाँ पर एंड फीमर और हो सकता है ग्लिनोइड कैविटी ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस तो ये yes, सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं पटेला हो सकता है एसिटाबुलम कैविटी एंड फीमर हो सकता है ग्लीन व्हाइट कैविटी एंड ह्यूमरस हो सकता है मतलब यह ग्लिमोइड कैविटी है इससे हमारे हैंड का ह्यूमरस वाला पार्ट यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है इससे हम लोग ऐसे ऐसे मोमेंटम करा सकते हैं ठीक इसी प्रकार से एसीटाबुलम कैविटी से हमारा फ्यूमर जुड़ा रहता है जिससे हम लोग आसानी से उसमें मतलब आगे पीछे कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो जो जॉइंट होता है वह इतने टाइप्स के होते हैं पहला होता है फाइब्रस जॉइंट दूसरा होता है कार्टिलेजनस जॉइंट तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट काटे जो फाइबरेस जो फाइबरेस जॉइंट होता है इसमें फाइबर पाया जाता है ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं होता इसमें लिटिल मूवमेंट होता है इसमें हाईली मूवमेंट होता है तो आइए अब इसमें यहाँ पर ये तो फिक्स है इसका एग्जाम्पल यह होगा लेकिन अभी इसमें हड्डियों का जोड़ पाया जाता है हड्डियों के जोड़ में यह साइनोबियल जॉइंट पाया जाता है इसलिए इसके ढेर सारे पार्ट हैं तो आइए आप हम लोग साइनोवियल जॉइंट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो यह हो गया साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर क्या पाया जाता है साइनोवियल फ्लोइड पाया जाता है साइनोवियल फ्लोइड पाया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया जो साइनोबियल ज्वाइंट होता है उसमें साइनोबियल फ्लोड पाया जाता है तथा तो इसमें जो मोमेंटम होता है इसमें जो मोमेंटम होता है वह हाईली मोमेंटम होता है तो आइए अब इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें पहला वाला पार्ट आता है जो साइनोबियल ज्वाइंट का पहला पार्ट वह आता है बाल एंड साक्ड बाल एंड साक्ड ज्वाइंट बाल एंड शाग जॉइंट तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लीनवाइड कैविटी ग्लीनवाइड कैविटी एंड ह्यूमरस और दूसरा होता है एसीटाबुल कैविटी एसीटाबुलविटी एंड फीमर मतलब यह जो बाल एंड साग ज्वाइंट है बाल एंड साग ज्वाइंट है इसका एग्जाम्पल होता है ग्लीन व्हाइट कैविटी एंड ह्यूमरस एसिटा बुलम कैविटी एंड फीमर बाल एंड साग में फिर इसके बाद दूसरा इसमें आता है दूसरा आता है इसमें हिंज ज्वाइंट हिंज जो, जो हिंज ज्वाइंट होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है नी पहले इसके बारे में जान लेते हैं बाल एंड साग ज्वाइंट मतलब इसमें क्या होता है एक हड्डी में दूसरी हड्डी का जुड़ाव तो उसे बोलते हैं बाल एंड साग ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल यह होता है फिर इसके बाद दूसरा है हिंज हिंज तो में क्या होता है मतलब ऐसा ज्वाइंट जहां पर मोमेंटम केवल एक ही दिशा में हो मतलब जैसे हम लोगों का हाथ है ना इसे हम लोग ऐसे मोड़ सकते हैं ऐसे मोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ इसे नहीं ले जा सकते केवल सामने की तरफ मतलब एक ही दिशा में इसमें मोमेंटम हो सकता है दूसरी दिशा की तरफ नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पैर होते हैं वह आगे की तरफ ऐसे मुड़ सकते लेकिन ऊपर की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मतलब इसमें केवल एक ही दिशा में मोमेंटम होता है इसमें केवल एक ही दिशा में मोमेंटम होता है एक ही दिशा में मोमेंटम होता है और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घुटना जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नी तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिर इसके बाद तीसरा इसमें आता है पाइवट जॉइंट तीसरा आता है पाइवट जॉइंट या इसे बोलते हैं पलट जॉइंट पलट संधि। जो तो जो इसमें होता होता है, पलट होता है, इसमें क्या होता है? जो हमारा यहां, जो हमारे गर्दन का जो कालम होता है, इसमें दो हड्डी पाया जाता है जो फर्स्ट वर्टिब्रल कालम होता है इसे बोलते हैं एटलस एंड सेकंड वर्टिब्रल कालम को बोलते हैं एक्सिस तो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट होता है तो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट होता है उसमें या कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है पलट ज्वाइंट मतलब पाइवर ज्वाइंट जैसे हम लोग ऐसे पीछे की तरफ देखते हैं ऐसे तो यहाँ पर कौन हड्डी रोकता है एटलस व एक्सिस तो इसलिए इसका दूसरा नाम पलट ज्वाइंट पड़ा है तो इसमें क्या होता है इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है मतलब जो फर्स्ट वर्टिब्रल होता है फर्स्ट वर्टिब्रल होता है उसका क्या नाम है एटलस एटलस और जो सेकंड वर्टिब्री होता है सेकंड वर्टिब्री या वर्टिब्रल दोनों एक ही है सेकंड वर्टिब्रल उसे बोलते हैं एक्सिस तो या पाइव ज्वाइंट या पलट ज्वाइंट क्या होता है एक्सिस और एटलस एटलस व एक्सिस एटलस व एक्सिस के मध्य पाया जाता है तो जो एटलस व एक्सिस के मध्य जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे पाइवर्ट ज्वाइंट बोलते हैं अब यहां से जो फर्स्ट वर्टिब्री होता, होता है और जो सेकंड वर्टिब्री होता है फर्स्ट वर्टिब्री होता है यहां पर पाया जाता है जिसे एटलस बोलते हैं सेकंड वर्टिब्री होता है जिसे एक्सिस बोलते हैं तो एटलस व एक्सिस के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं पाइवट या पलर ज्वाइंट इसके बाद इसमें तीसरे के बाद चौथा आता है चौथा आता है ब्लीडल ज्वाइंट ग्लीडल ज्वाइंट तो यह क्या होता है ग्लीडल या ग्लाइडल ज्वाइंट तो इसमें क्या होता है जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जैसे मान लीजिए या हम लोगों का हैंड है मान लीजिए यह थामरस था, था यह था अलना यह था रेडियस यह था रेडियस तो यहाँ पर जो मेटा कार्पस जो कार्पस पाए गए थे यहाँ पर आठ कार्पस थे तो आठों में से किसी दो कार्पस के बीच आठों कार्पस में से किन्हीं दो कार्पस के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है आठों कार्पस है आठ कार्पस में से दो कार्पस के बीच जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्लाइडल ज्वाइंट तो मतलब दो इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए ग्लाइडल जॉइंट है तो या कार्पस कहां पर पाए जाते हैं हमारे हैंड के यहां पर पाए जाते हैं यहां पर तो यहां पर दो कौन है दो कार्पस हैं तो दो कार्पस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट तो इसमें क्या हो जाएगा दो कार्पस के मध्य इसे साफ कर देते हैं पाए जाने वाले संधि को पाए जाने वाले संधि को ग्लीडल ज्वाइंट या ग्लाइडल ज्वाइंट बोलते हैं ग्लाइडल ज्वाइंट कहते हैं ग्लाइडल ज्वाइंट कहते हैं तो ग्लाइडल जॉइंट क्या होता है हमारे हाथ के जो कार्पस होते हैं कार्पस में दो कार्पस के बीच वाले जॉइंट को ग्लाइडल जॉइंट बोलते हैं फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट इसमें पांचवा है वह क्या है साइडल जॉइंट पांचवा क्या होता है साइडल जॉइंट साइडल जॉइंट तो जो साइडल जॉइंट होता है वह क्या होता है साइडल ज्वाइंट क्या होता है मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों का अंगूठा है तो अंगूठा का या कार्पस है या मेटा कार्पस है तो अंगूठे के कार्पस यहां पर आप लोग देख लीजिए जैसे अंगूठा का यहाँ पर ऐसे कार्पस हो गया और यहाँ पर होता है तो अंगूठे के कार्पस व कार्पस व मेटा कार्पस के मध्य में जो संधि पाया जाता है उसे बोलते हैं सैडल जॉइंट अंगूठे के कार्पस व मेटा के बीच वाले संधि को क्या बोलते हैं सैडल ज्वाइंट तो अंगूठा के कार्पस व मेटाकार्पस कार्पस व मेटाकार्पस मेटा के मध्य वाले संधि को साइडल ज्वाइंट बोलते हैं कहते हैं तो यह हो गया जो के इतने पार्ट होते हैं पहला होता है बाल एंड साग ज्वाइंट दूसरा होता है हिंज तीसरा होता है पाइवेट या पलर ज्वाइंट चौथा होता है ग्लाइडल ज्वाइंट पांचवा होता है साइडल ज्वाइंट तो आप सब इन सब के बारे में जान लिए तो अब आइए हम लोग ज्वाइंट के बारे में जान लिए तो आइए अब हड्डियों के डिजीज के बारे में भी इसी में जान लेते हैं हमने ज्वाइंट के बारे में जाना अब हड्डियों में डिजीज क्या होते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं तो जो हड्डियों के बीच जॉइंट होता है उसके बारे में हमने जाना कितने प्रकार के तीन प्रकार के एक होता है फाइब्रस जॉइंट दूसरा होता है कार्टिलेसनस जॉइंट तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट अब आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे जो हड्डियों में डिसडर होता है मतलब जो हड्डियों में कमियां आती हैं विकार आते हैं जिसके कारण व्यक्ति को मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है चलने में कुछ लोग तो होते हैं मतलब इतना ज्यादा उनका जो बोन होता है हड्डियों तो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकते तो आइए हम लोग हड्डियों के डिजीज के बारे में जानते हैं तो जो हड्डियों का डिजीज होता है डिसडर ऑफ बोन डिसऑर्डर ऑफ बोन्स जो डिसर आप बोन्स होता है वह तीन प्रकार का होता है जो आप बोन्स होता है वह तीन प्रकार का होता है एक होता है अर्थराइटिस एक होता है अर्थराइटिस दूसरा होता है ओल्टोपोरिस और तीसरा होता होता है है गाउट तो जो हड्डियों में पहला होता है आर्थराइटिस दूसरा होता है ओइटोपोरिस तीसरा होता है गाउट तो, तो आइए बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं जो आर्थराइटिस होता है इसमें क्या होता है मतलब जो हड्डियों का जोड़ होता है हड्डियों का जोड़ हड्डियों का जो जोड़ होता है वहां पर सूजन आ जाता है हड्डियों के जोड़ में जो होता है वह सूजन आ जाता है सूजन आ जाता है तो उसे बोलते हैं अर्थराइटिस मान लीजिए अर्थराइटिस थोड़ा सा ज्यादा उतना मतलब है खतरनाक या उतना लाइफटाइम वाला बीमारी नहीं है मतलब उतना परमानेंट वाला डिजीज नहीं है अगर इसका सही टाइम पर उपचार किया जाए तो इसका उपचार हो सकता है लेकिन जो दूसरा वाला है उल्टोपोरिस इसमें हड्डियों का छरण प्रारंभ हो जाता है मतलब अपने आप हड्डियां कमजोर होकर के धीरे धीरे गड्ढा उसमें होने लगता है तो इसमें हड्डियों का छरण प्रारंभ हो जाता है हड्डियों का प्रारंभ हो जाता है मतलब जो इसमें होता है हड्डिया ना जैसे कोई भी हड्डी है उसमें अपने आप ऐसे अचानक ही एंड्रोजन हार्मोन की कमी के कारण या जो होता है इसमें हड्डियां अपने आप ही ऐसे जैसे मान लीजिए कोई हड्डी है इस टाइप से हड्डी है तो अपने आप अचानक से, से ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होने लगेंगे छोटे छोटे गड्ढे होने लगेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप और यह ऐसा डिसाइडर है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता मतलब यह एक बार हो गया व्यक्ति को तो वह व्यक्ति चल नहीं सकता हंड्रेड परसेंट से हो रही है कि इस डिसडर में किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चल नहीं सकता तो इसमें दूसरा क्या होता है इसमें एंड्रोजन हमी हार्मोंस का कमी हो जाता है जो एंड्रोजन हार्मोन होता है एंड्रोजन हारमोन्स का कमी की वजह से यह डिसडर होता है और तीसरा यह डिसडर अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है यह डिसडर अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है अधिकांश महिलाओं में पाया जाता है क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह महिलाओं में ही होता है पुरुष में तो टेस्टोस्टिर होता है तो एंड्रोजन हार्मोन की कमी के कारण जो होता है इसमें हड्डियों का छरण प्रारंभ हो जाता है ऑटोमेटिकली और इसमें अगर यह डिस किसी को हो गया तो वह ठीक नहीं हो सकता फिर इसके बाद तीसरा है गाँव तो यह है जो है अर्थराइटिस यह अर्थराइटिस डिसडर ही है यह अर्थ राइटिस ही है लेकिन इसमें जो होता है अर्थराइटिस डिसडर में जो हड्डियों में सूजन होता है उन्हें हड्डियों के सूजन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो जो बोन्स जो बोन्स में सूजन होता है जो बोन्स में सूजन होता है वहां पर सूजन पे क्या होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल यूरिक एसिड के क्रिस्टल यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या होते हैं जमा हो जाते हैं यूरिक एस्टल के यूरिक क्रिस्टल के एसिड यहां पर जमा हो जाते हैं तो गाउट क्या है गाउट वह डिजीज है जिसमें आर्थरिया, आर्थराइटिस वाला ही डिजीज है। बस इसमें क्या होता है हड्डियों के सूजन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और जो आर्थराइटिस होता है इसमें हड्डियों में सूजन आ जाता है तो मान लीजिए यह नॉर्मल डिस है लेकिन ये दोनों क्रिटिकल डिस मतलब अगर एक बार हो जाएंगे तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा तो समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत